श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघु पर विमल जस जो दाय फल चार बोधेन तनुान के सुमो पवने कुमार बलबुद्धि भी मोहि हूँ मोही अरो दौड़ चले हनुमान दौड़ चले आबो हनुमान हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आवो हनुमान हमारे हरि कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आवो हनुमान हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आवो हनुमान हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना आप भी आना संग में लक्ष्मण को लाना आप अभी आना संग में लक्ष्मण को लाना संग में लाना सीता सीतामा हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आव हनुमान हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आप भी आना संग में भरत जी को लाना आप भी आना संग में भरा को लाना और संग लाना को सिलामा हमारे हरी कीर्तन में दौड़ चले आव हनुमान हमारे हरी कीर्तन में आप भी आना रुधन को लाना आप भी आना रुधन को लाना संग में लाना सुमित्र मारे कीर्तन में दौड़ कले आब हनुमा हमारे अरे कीर्तन में आप भी आना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना आप भी आना साधु संतों को लाना और संग लाना सुखधाम हमारे हरी कीर्तन में थोड़े चले आवनो हनुमान हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में छोड़ चले आब हनुमान हमारे हरे कीर्तन में छोड़ चले आब हनुमान हमारे हरी कीर्तन